चले किससे पूछकर आया था कि बोला आता तुझे यहाँ से मैंने दावत दी थी तुझे दावत दी थी दावत दी थी मैंने तुझे क्यों आता है यहाँ से क्यों आता है यहाँ से क्यों आता है यहाँ से आवागा दोबारा भी आवागा देख रहा घूर रहा है बहुत ठीक है घूर रहा क्यों आता है यहाँ चल चल